मुकेश अंबानी ने फ्री खेल खेलने का आधारशिला मुंबई में एक बड़े कार्यालय के रूप में रखे उसके चार साल बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंबानी के इस खेल को दयीन करने के लिए हथियार जनता को दे दिए नमस्कार आज के इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे मुकेश अम्बानी के फ्री के बारे में वर्ष दो में फ्री जियो नेटवर्क की नींव मुकेश अम्बानी के द्वारा मुंबई में रखी गई और जिसके चार साल बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मनमोहन सिंह ने वर्ष 2011 तो में पोर्टेबिलिटी सिस्टम को लागू कर दिया जो अम्बानी के फ्री जियो का खेल को द इन करने का कारण बना और जनता को अम्बानी के द्वारा लूटे जाने से भी बचाया अंबानी जियो के माध्यम से फ्री फोर जी इंटरनेट सेवा अपने ग्राहकों को दिए जनता को दिए जो जिससे जनता टूटकर नंबर जियो के पास नंबर लेना शुरू कर दी और अन्य कंपनियां धीरे धीरे अन कंपनियों के ग्राहक धीरे धीरे, धीरे, धीरे घटने लगे इससे बेचैन होकर अन्य कंपनियां अदालत के पास भी गई यह मामला अदालत में लेकर गई लेकिन अदालत से भी अन्य कंपनियों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भारत में भारत के टेलीकॉम सेक्टर पर अंबानी का एक छत्र अधिकार हो गया जिसके बाद अंबानी ने इनकमिंग कॉल कॉलिंग नंबर जीवित रखने के लिए भी लोगों से चार्ज लेना शुरू कर दिया जो पहले नहीं था जियो के इस व्यवहार से जनता अपने आप को ठगा महसूस करने लगी उस समय मनमोहन सिंह का पोर्टेबिलिटी सिस्टम लोगों को काम आया याद आया और लोगों ने अपना मोबाइल नंबर बदले बगैर एयरटेल में कन्वर्ट करना शुरू कर दिए मोबाइल पोर्टेबिलिटी फैसिलिटी के माध्यम से इधर एयरटेल ऑक्सीजन लगाए बेड पर लेटा था ग्राहकों का इंतज़ार कर रहा था जिसमें जान आ गई और यह धीरे धीरे स्वस्थ हो गया और फिर जियो के साथ दौड़ लगाना शुरू कर दिया भारत टेलीकॉम सेक्टर में परिणाम यह हुआ कि भारत के लोग के पास एयरटेल फिर से मिल गया यह अच्छा सेवा देने वाला कंपनी साबित हुआ और अम्बानी का जियो फ्री का माल बेच कर लोभ दिखाकर लुटने वाला कंपनी साबित हुआ अतः अब भारत के लोग को यह एहसास हो रहा है कि मनमोहन सिंह के दिया गया पोर्टेबिलिटी सिस्टम यदि नहीं होता तो अम्बानी हमें लूट कर कंगाल ही कर देता यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद